हेलो दोस्तों वेलकम टू टेक्नो पप्पू आज का टॉपिक है हाउ टू एडिट स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो विथ कौन फ्रेम फर्स्ट ओपन भीटा ऐप सिलेक्ट ए ब्लैंड स्क्रीन वीटा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है जाके डाउनलोड कर सकते हो then select a screen recorder video Then open Background Remover app, app ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है जाके डाउनलोड कर सकते हो अपलोड द फोन फ्रेम फोन फ्रेम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है जाके डाउनलोड कर सकते हो क्लिक ऑटो option, then first remove inner background, then remove outer background properly. then click down then adjust it Then click Save. Then go back to the tab. Then upload the phone frame PNG. then adjust it properly यू कैन आर्जर्स लाइक दिस इस तरफ से आप फोन फ्रेम लगा सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए